कटनी में दो पक्षों के विवाद में चाकू छुरी चल गई जिसमें चार लोग घायल हो गए इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है न्यू कटनी बजरिया में दो पक्षों का विवाद इतना बढ़ गया कि चाकू छुरी चल गए घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गयी हमले में दोनों पक्ष के लोग घायल हो गए जानकारी के अनुसार तेज राम का विवाद लाला श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति ऐसी हो गया और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया गया। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर चाकू लेकर भड़ गए घटना में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद घायलों को कटनी के जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है चाकूबाजी की घटना है की दोनों दुकानदार है दोनों पड़ोसी है कोई ऐसी बात को लेके व्यापार को लेकर बातचीत चल रही थी की वो उसकी बिक्री कम या इसकी बिक्री एक जलस की भावना थी दोनों के बीच में और एक अंदर से गुबार था एक दूसरे के लिए लेके और एक दूसरे को उन लोगों ने जब मौका पाया कि कहीं कोई बात विवाद फंसी है तो लेके उन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर वार किया और गलती दोनों पक्षों की है कोई एक पक्ष नहीं बोल सकते दोनों पक्ष अपने बहुत हैं दोनों पक्ष में कहीं ना कहीं गुबार था जिसकी तरह से इतनी बड़ी घटना जो बढ़ गई इसमें कुशवाहा समा कुशवाहा जो मुन्ना भाई उनके छोटा एक छोटा भाई और उनका एक छोटा लड़का वो घायल हुआ है और हमारे एक ला, लाला जिसे कहते हैं श्रीवास्तव जी वो भी घायल हुए हैं वो जो दूसरा पक्ष है लाला परिवार का है श्रीवास्तव जी है ये दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ और वहाँ पर कोई बचाने वाला नहीं था इसलिए इतना बड़ा हादसा हो गया घटना बजरी मेरे भाई की दुकान है मुन्ना लाल पान वाला चालीस साल से दुकान है कभी उसका झगड़ा किसी से नहीं हुआ अचानक बाजी में दो गला करके आया का फुलकी भेजता था वो हर का दुकान बदलता रहता है वो आया बाजी में उसके दो लड़के एक सत्तर अठारह साल का एक 20 साल का है गुंडागर्दी या दिखा रहे हैं आज मेरे भाई को चाकू मारा मेरे हो को मारा मेरे पेट में हाल रेडी देखे जाए चाकू मारा ये आए दिन झगड़ा करना तीन भाई हम दो भाई दो हम दो तीन जन खाए लोग उसको मैं अभी हम लोग उसको नहीं मारे उसको उसको भी लगी थोड़ी बहुत जो लगी हो चाकू चला दिया दस दो हजार बाईस को करीबन पौने दो बजे थाना में सूचना प्राप्त हुई कि बजरिया मेन मार्केट में दो पक्षों में आपस में विवाद हो गया है और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है जो जिला अस्पताल आकर दोनों पक्षों लेक लेक के कथन लेख किए गए हैं लेख किए गए कथनों के आधार पर विधिसंगत कार्रवाई की जाती एक पक्ष में एक है और दूसरे पक्ष में तीन लोग घायल हैं मारपीट में जो है दोनों की मंगोड़ी और नाश्ते की दुकान है इस बात की बिक्री की प्रतिस्पर्धा को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद हुआ है